नमस्कार आज हम आपको कुछ आध्यात्मिक ज्योतिषीय प्रयोग बहुत ही साधारण से प्रयोग लेकिन बहुत लाभकारी चमत्कारी गुणकारी बता रहे हैं सबके पास घर में लौंग होती है कपूर होता है तो तीन लौंग तीन कपूर लीजिए ऐसा कब करेंगे जब आप अपने आप हाँ में बड़ी बेचैनी बेचैनी महसूस करें आपको लगे कि आपके विचार बड़े निगेटिव हो रहे हैं बड़ी नकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ बड़ी थकान सी महसूस कर रहे हों ऐसे समय आप तीन लॉन्ग तीन कपूर लीजिए हाथ में लेकर अपने सर से पैर तक सात बार उतारिए और फिर अपने पास में रखकर जला दीजिए ऐसा दिन में दो बार करिए ऐसा तीन दिन तक सिर्फ तीन दिन कर लेने के बाद में आप ये महसूस करेंगे कि आपको बेहद चमत्कारिक लाभ हुआ है बिना किसी दवाई के आप अपने आप को स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस करेंगे ये एक छोटा सा उपयोग है इसका उपयोग करिए